हेलो गाइस आज हमने जो बोट की एयरफोन मंगाए हैं आप देख सकते हैं न बोट के हैं तो आप यहाँ पे देखिए प्राइस प्रोडक्ट प्राइस है तीन सौ रुपये तीन सौ रुपये और हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बार पलट कर देख लीजिए बोट की हैं बोट और ये हमने एक्सचेंज करके मंगाई है एक्सचेंज वारंटी, वारंटी क्लेम लिया वारंटी क्लेम लिया हो गई थी पहली जो हमारी थी उसमें दिक्कत थी अब हमने ये लिया है तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपको मतलब आप कैसे क्लेम कर सकते हैं ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट है देख दे क्या क्या मिलता है इसके अंदर वाह क्या चीज है यार एक लीड मिली है एक लीड है ये ये वाली लीड है एक और साथ में जो है ब्लूटूथ भी मिले हुए हैं। अनबॉक्सिंग करेंगे बाई बोट की है बोट की रॉकेट तीन सौ तीस आप जब इसको कोई हेडफोन मंगाए थे हेडफोन पहले पहले हेडफोन मंगाए थे हेडफोन में दिक्कत आई फिर ये एक्सचेंज मारा तो एक्सचेंज में जो आए थे ये आया है। ये देखो ये ये है ये क्या कितने घंटे का बैटरी बैकअप होगा तीस घंटे का तीस घंटे का बैटरी बैकअप है भाई तीस घंटे का और इसके साथ एक्सचेंज में आई है लीड और एक डाटा केबल है और इसके साथ आए हैं ईयरबड्स हमारे जो यदि हमारा खो जाता है तो हम उसको लगा सकते हैं ईयर इयरबड्स आए हैं और अब एक लीड आई है इसके साथ पहले हमने जो मंगाई थी ये ब्लूटूथ ही मंगाई थी जो आप देख सकते हैं ये वाली और उसके साथ जब एक्सचेंज किया तो ये लीड फ्री आई थी हमारे जो हैंड जो हैंड ब्लू टी थी उसमें दिक्कत आ गई थी तो उसके बदले में ये मंगाई है हाँ भाई लीड है ये क्या लीड है, क्या भाई, कलर भाई।, की। कलर की है भाई मतलब बोर्ड वाले खुश के बेचते हैं तो इसके साथ ही ले जाते हैं और घर से घर ही दे जाते, तो गर जाते हैं क्या भाई और इसके साथ भी ईयर जो बड्स हैं इसके जो रबड़ के हैं वो भी आए हुए मतलब अलग अलग है भाई सब के इसके अलग है और इसके अलग हैं सबके अलग है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईयरफोन के हैं ये इसके हैं और ये लीड ये के हैं प्रोडक्ट अच्छा है इनका मतलब कस्टमर खुश कर देते हैं कस्टमर को हाँ भाई बोर्ड्स की लीड खरीदे हैं तो वाइज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आप रिटर्न कैसे मार सकते हैं मतलब आपकी चीज़ कोई दिक्कत आई है वारंटी क्लेम कैसे पा सकते हैं तो वाइज ये चीज हम आपको बताएंगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ये इसका वारंटी कार्ड होगा वारंटी दोबारा खराब होते हैं तो दोबारा आप उनके पास भेज सकते हैं वन ईयर का वारंटी कार्ड क्या बात है भाई वह बेजा कैसे जाता है बता देंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऑल द बेस्ट